एक समय की बात है एक किसान था जो कुंदनपुर नामक गांव में रहता था उसकी उम्र हो चुकी थी जिसके कारण उससे खेती का काम नहीं होता था इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो अपनी खेती की जमीन और अपनी भैंस को बेच देगा उससे जो पैसा आएगा उससे वो कोई नया काम शुरू कर लेगा अगले दिन उसने पूरे गाँव में चर्चा फैला दी की वो अपनी जमीन बेचना चाहता है और उसे कोई उसकी जमीन को खरीदने वाला चाहिए एक महीने के अंदर उसे कोई उसकी जमीन को खरीदने के लिए मिल जाता है उसे वो अपनी जमीन बेच देता है अब उसे बस अपनी भैंस को बेचना था पर उसे कोई आदमी नहीं मिल रहा था जो उससे उसकी भैंस को खरीद ले किसान ने बहुत कोशिश की अपनी भैंस को बेचने की पर वो नहीं बेच पाया एक दिन किसान को किसी से पता चला कि शहर में मेला लग रहा है ये सुनकर किसान के दिमाग में एक विचार आता है की क्यूँ न वो अपनी भैंस को मेले में जाकर बेचे अगले दिन वो मेले में अपनी भैंस को बेचने के लिए गया रास्ते में उसका सामना एक डाकू से होता है वो डाकू उसे कहता है अपनी भैंस को मेरे हवाले कर दे वरना मैं इस लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूगा ये सुनकर किसान डर गया और उसने अपनी भैंस डाकू के हवाले कर दी पर जैसे ही डाकू अपना हाथ भैंस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है उससे उसकी लाठी गिर जाती है जैसे ही उसकी लाठी जमीन पर गिरती है किसान लाठी उठाकर डाकू को वैसे ही डरा भगा देता है और अपनी भैंस उससे वापस ले लेता है फिर वो अपनी भैंस को लेकर मेले में जाकर बेच आता है अब उसके पास बहुत ज्यादा धन होता है जिससे वो एक नया काम शुरू करता है और अपनी आगे की जिंदगी गुजारता है